सभी सम्मानित दर्शकों स्वागत है आपका मई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम धनु राशि के जातकों की बात करेंगे कि मई का संपूर्ण माह राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे मई माह को किस प्रकार से और कैसे प्रभावी बनाया जाए क्या ऐसा दिव्य उपाय करें कि इस माह में जो भी अशुभ प्रभाव हैं अशुभ ग्रहों के प्रभाव हैं वो दूर हो जाएँ साथ ही साथ हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपके लिए इस माह में लकी डेस कौन कौन से आपके लिए अनुकूल दिन कौन सा और प्रतिकूल दिन कौन सा इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ धनुराशि के जातकों को आवश्यक उपाय बताते चलेंगे और इस माह में जो प्रमुख व्रत और त्यौहार है इस पर भी हम फोकस करेंगे अंत तक दर्शकों प्रोग्राम ये देखिएगा क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है सात मई को है और अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हम आपको जो है कुछ विशेष उपाय बताएंगे। तो अगर आप इसको भगाएंगे, स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है उपाय मिस हो जाए तो खैर दर्शकों एक आवश्यक सूचना और देनी है कि दिनांक 20 से 26 मई तक गुजरात आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि जहां समस्या है वहीं समाधान है तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते और मई माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार पर दृष्टि डाल लेते हैं एक तारीख दिन बुधवार अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस रहेगा दो तारीख गुरुवार प्रदोष व्रत चार तारीख शनिवार दिन रहेगा बैशाख अमावस्या या दक्ष अमावस्या है सात तारीख सात मई मंगलवार दिन परशुराम जयंती अक्षय अच्छा तृतीया जिसका अक्षय ना हो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती सात तारीख को रहेगी नौ तारीख को नौ म, जो है मई गुरुवार दिन रहेगा शंकराचार्य जी की जयंती रहेगी और सूरदार जी की भी जयंती रहेगी ग्यारह मई शनिवार दिन रहेगा गंगा सप्तमी सब, रहेगी और तेरह तारीख को जो है सोमवार दिन रहेगा सीता नवमी रहेगी और पंद्रह तारीख बुधवार को मोहनी एकादशी रहेगी सोलह तारीख गुरुवार प्रदोष व्रत सत्रह तारीख शुक्रवार नरसिंह जयंती अट्ठारह तारीख शनिवार बैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा इसको भी बोलते हैं और उन्नीस तारीख रविवार को नारद जयंती रहेगी छब्बीस तारीख रविवार दिन धनु सप्तमी रहेगी तीस तारीख गुरुवार को अपरा एकादशी और इकतीस तारीख दिन शुक्रवार महीने का बिल्कुल अंतिम दिन प्रदोष व्रत और विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है तो जो लोग भी धूम्रपान इत्यादि करते हैं वो लोग त्याग दे तो बेटर रहेगा चलिए धनुराशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा जो है मई का माह धनुराशि के जातकों के लिए तो धनुराशि के जो जातक रहेंगे एक तथा दो मई में शुभ कार्यों पर आवश्यकता से अधिक आपका धन व्यय होता हुआ दिख रहा है अपने ही विश्वास पात्रों से आपको कोई चीटिंग मिलेगी आपको कोई धोखा मिलता हुआ दिख रहा है स्थान परिवर्तन होगा कोर्ट कचहरी के, के आप चक्कर लगा सकते हैं और कोई मुकदमेबाजी में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं वही तीन से छः मई के बीच कोई आकस्मिक रूप से किसी प्रकार के झगड़े झंझट में फंसेंगे मानसिक तथा शारीरिक कष्ट रहेगा लेकिन छः तारीख की शाम को छः तारीख की शाम को पाँच बजे के बाद आपको जो है प्रॉपर अच्छा जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा जीवनसाथी का साथ मिलेगा और संतानों से जो मतभेद चले आ रहे थे ये कहीं ना कहीं दूर होते हुए धनुराज के जातकों को दिख रहे योजना के अनुरूप आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और प्रेम प्रकरण तथा वार्ताओं में आप सफल होंगे 7 मई से लेकर के 9 मई तक की आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और कोई नई नौकरी वगैरह आप पा सकते हैं इस दौरान कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है आपके व्यय में आपके खर्च में कमी आती हुई दिख रही है लग्जीरियस लाइफ से जुड़ी हुई हर एक वस्तुओं में आप निवेश करते हुए नजर आएंगे आपका समय अच्छा व्यतीत होगा परिवारजनों विशेषकर जीवन साथी से सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है स्वास्थ्य में सुधार होगा स्वजनों का सहयोग मिलेगा कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई फिर दिख रही है विरोधियों पर प्रभाव स्थापित करने में आप इस दौरान सफल होंगे वहीं दस से अट्ठारह मई तक आपको कार्यों में थोड़ी बहुत निराशा देखने को मिलेगी लेकिन जहाँ निराशा है तो वहीं पर आशा भी है तो आप लोग उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा जो भी प्रयोग हम बताएंगे वो आपको करना रहेगा और इस बीच 10 से 18 मई के बीच के हम आपको बात बता दें आपके उच्चाधिकारियों से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं विभिन्न कारणों से हाँ जो है आपको किसी प्रकार की आर्थिक क्षय आर्थिक हानि होती हुई दिख रही है जो प्रेमी युगल है इनमें आपस में झगड़ा होता हुआ दिख रहा है विभागीय परीक्षाएँ यदि आप प्रमोशन के लिए दे रखे हैं तो उसमें आपको कोई असफलता मिलती हुई दिख रही है मनोरंजक गतिविधियों के लिए समय का अभाव रहेगा मानसिक तनाव कुछ आपका बढ़ेगा लेकिन 18 मई के बाद से और 31 मई तक आपके पठन पाठन में रुचि जागेगी अध्ययन अध्यापन में रुचि जागेगी अच्छी तथा मनोरंजक पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलेगा राजनैतिक से जुड़े लोगों के लिए कुछ निराशा रहेगी इस दौरान लेखन तथा संगीत में या वाद्य कला में आपको ख्याति प्राप्त होती हुई नजर आएगी कार्यों में सफल होने से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा बड़ा प्रसन्न रहेगा इस दौरान कोई फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है आपने पूर्व में यदि कोई निवेश भी किया होगा तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखेगा आर्थिक उन्नति रहेगी सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है घर के लिए दैनिक उपभोग की सामग्री के साथ साथ विलासता की सामग्री पर आपको पैसा अधिक खर्च करना पड़ेगा तो धनु राशि के जातकों इस माह तमाम धार्मिक यात्राओं का भी वहीं आपको योग बनता हुआ दिख रहा है जो विद्यार्थी वर्ग है अगर इनका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा कोई नई नौकरी आप इस दौरान ज्वाइन कर सकते हैं कोई नई जॉब का आपको ऑफर लेटर वगैरह मिल सकता है तो ये तो था धनु राशि का मई माह का राशिफल अब चलते हैं अनुकूल दिवस की ओर कि कौन सा दिन इनके फेवर में रहेगा आप लोग अपने मोबाइल पर इसको रिमाइंडर जरूर लगा लीजिए लेकिन उपाय पर आगे बढ़े उससे पहले बीस से छब्बीस मई गुजरात में अहमदाबाद सूरत और द्वारिका इन तीन जगह हमारा बीस से छब्बीस मई तक आगमन है तो इच्छुक दर्शक यहाँ हमसे मिल सकते हैं और अपनी जन्मपुट का करवा सकते हैं। हैं हैं, दर्शकों, अगर अभी तक आप लोग सम्मानित दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और कमेंट करिए इस वीडियो को शेयर करिए। तो लकी डेज की ओर चलते हैं एक तारीख सात तारीख आठ तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख अट्ठाईस तारीख आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेंगे और जो प्रतिकूल दिन है प्रतिकूल दिन है ये आपके लिए रहेगा तीन तारीख पाँच तारीख दस तारीख बारह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख अट्ठारह तारीख इक्कीस तारीख और तीस तारीख दस तारीख को शाम के बाद दस तारीख को शाम के बाद जो दिवस रहेगा वो आपका कुछ ठीक हो जाएगा तो ये प्रतिकूल दिवस हमने आपको बता दिया इस माह में आपके लिए शुभ कलर कौन से रहेंगे तो आपके लिए सर्वथा जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर और येलो कलर आपके लिए सर्वथा शुभ शुभ रहे, कलर रहेंगे आपको नीले रंग से आपको ब्राउन कलर से आपको ब्लैक कलर से वाइट हो करके चलना रहेगा अब आते हैं उपाय की ओर सबसे पहले हम अक्षय तृतीया पर उपाय बताना चाहेंगे कि आपको करना क्या रहेगा एक पीले कपड़े में आप अच्छत ले लीजिएगा और उस अच्छत को आप लोग लाल रंग से रंग दीजिएगा तो उस लाल अच्छत को उस पीले कपड़े में रखिएगा ग्यारह छुहाड़े ठीक है और कौड़िया ले लीजिएगा ग्यारह कौड़िया आप लोग ले लीजिएगा, एक एक अच्छी नारियल लीजिएगा सात लौग आपको लेना है और सात इलायची आपको लेनी है सामग्री जो है आप लोग स्किप करके पीछे से वीडियो फिर से देख लीजिएगा इतनी ही सामग्री रहेगी इसको जहाँ पर लक्ष्मी पूजन करते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा अच्छे तृतीया वाले दिन अब लक्ष्मी पूजन कैसे करना है तो हमारे चैनल पर आप लोग जा करके वो विधि देख सकते हैं आप लक्ष्मी पूजन भाई अष्टोविदासी डालेंगे यूट्यूब पर तो हमारा वो आ जाएगा लक्ष्मी पूजन का वीडियो तो आप लोग उस वीडियो को देख करके पूजन कर सकते हैं फिर इन सामग्री को पूजन के उपरांत बांध दीजिएगा और बांधने के बाद धन रखने के स्थान पर आप इसको रख दीजिएगा अब प्रतिदिन इसको धूप दीप वगैरह आपको जलाना रहेगा और श्री सूक्त का पाठ आपको करना रहेगा ये छोटा सा विलक्षण प्रयोग है आप लोग अक्षय तृतीया के दिन जो है करिए वर्ष भर माँ लक्ष्मी का भंडार आपके तिजोरी में भरा रहेगा ऐसी हम कामना करते हैं अन्य उपायों की ओर चलते हैं तो आपको बुधवार वाले दिन विकलांगों को बिस्किट आपको बांटना रहेगा दो चार विकलांगों को आप जो है दस रुपये पाँच रुपये वाला जो बिस्किट आटा ये बांट दीजिएगा दूसरा आपको एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का आप लोगों को प्रतिदिन जाप करना होगा सूर्य देव को नित्य अर्घ देना होगा और जहाँ तक संभव हो राहु स्रोत का पाठ आप लोग प्रतिदिन करिए के जात को एक अंतिम प्रयोग हम आपको बता रहे हैं और ये प्रयोग आपको प्रत्येक जो है सप्ताह में शुक्रवार के दिन करना रहेगा करना क्या रहेगा आपको गाय का कच्चा दूध लेना है गाय के कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा शहद खोलना है और केसर की थोड़ी सी आप पत्तियां रख दीजिएगा अब इस मिश्रण को ले जाना है और भगवान भोलेनाथ पर आपको अभिषेक करना रहेगा फ्राइडे फ्राइडे शुक्रवार शुक्रवार दिन ओम नमः शिवाय मंदिर से आप लोग अभिषेक करिए उसके बाद तदउपरांत शुद्ध जल से आप भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करवा सकते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी ये प्रयोग आप करिएगा धन संबंधी जितने भी अवरोध आपके मार्ग में आ रहे हैं वो स्वतः अपने आप दूर होते चले जाएंगे दर्शकों ये जो हमने आपको जो है राशिफल बताया है ये वर्तमान के गोचरों को हमने जो है ग्रह गोचर को मान के बनाया है प्रभावी करना है आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ इस समय संचरण कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा इसके लिए आप अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो और सटीक बैठेगा